जो कार्यक्रम सुनबे हुआ है सबई माता वहन की लाने भैया जनन की लाने देश राजनवर या एंड पार्टी की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सबकी लाने हाथ जोड़ कर राम राम अब तक आपने करीला के बहुत से नंबर सुने और देखे और आपने तहे दिल से उनकी लाने स्वीकार करो अब हम आपकी लाने सोना कैसेट जबलपुर के, के माध्यम से सुनवा जा रहे जो लव कुछ गीला तो आप सुनो और ये ने देखो कहो का है आगे आगे आगे आगे आगे। कि जनकी दुलारी ज् की खो राम उदे में भटिकीत करो करीलावाश वाश तो आ भैया त्रेता युग की बात लेकिन आजकल देखो करीला में का हो रो अरे गे रहू करीला ठनी राई देखो आप जित देखो उतर राई अरगेरों करी लाठनी राई रे अंगना में बधाई आए हाय रे चलो देखन लू जब सीताजी तो के लव पुष्प करीला में तो करीला में केवल बाबा बोले सुनो, के दे दो बोला और का? अरे सिया के कर ए hey, महा देखो आप करीला में सीता कह रही है जैसे हमारा भत्ती हाथों पतो करोच गए बोले गाँव के आदमी अब तो देहा बुंदेल खंडी उन्नो जोन हतो हाथो तो साजवा सुनने सजाओ चलो करी लाई करें लव कुछ के भाई की बधाई करें करे चलो करीलाई करें लव कुछ के भाई की बधाई करें जब जनी मां तो न सुनी कभी तो खूब एक खा बोली आप जे के दो दो है जब एक लड़का हो जिनके तो बहुत खुशी हो तब तो जिनके दो दो हो जाए तो फिर तो पूछने ही गया है देखो आप के अपने ढोले नगरियां लेके भैया चलो गरी अपने मानसे पहुंची तो देखो बेका बोली जुन्डे जुन्डे और और और और झंडे के हम भी चले चलो तुम धले आओ ना। देखो आप क्या वो का है? अरे कौन है का अपनो अपना सजाओकरा हथोले अपना रमतूला लेके करो के कोन उ अपो रमतूला सजाओ कोन उने ढोल दम से बजाओ नेना बंद लागे कै चोली बंदे लागे कै सुन रहे हैं।